मास्टरों की बात कभी नहीं मानी पूरा स्कूल कांपता था हमारे नाम पर लापरवाही का नतीजा ये रहा अब उठा के टिफन चल दिया काम पर